चल बे चल चलबेरे मरत किया आई झूलन कि बा चलबे चलबेरे मरत किया आई झूलन की बा आई झूलन की आई झूल कि बाबा चल रे चलबे रे मोरे तकिया आई की कि झूले कांधा झूलाए राधा झुले और कांधा खी सद झूला झूला झूला झूला चल दे चल रे रे मोरा सखिया आई झूलने केैया झूला बाजा कही के झूला लगा बगा मिल के चांदा तो झूला रे सक्ष मिल के चांदा तो झूला रे कंधा तो झूला बा